हजारों में अब की जरा है हर चीज खास है अब है जो है वह समा है दोस्तों इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं हूँ हेमंत वासकेल और मैं आज मेरी मेरा फर्स्ट ब्लॉग है समझ सकते हैं आप और आगे भी ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा तो मैं भी अच्छा बनाऊंगा ऐसी कोशिश है मेरी दोस्तों और ये है मेरी मक़ा छोटी मका है छोटी है कि अभी और ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा खेत है जंगल के किनारे यहीं से मैं ब्लॉक शूटिंग कर रहा हूँ दोस्तों और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ बाहर पास हूँ और आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया दोस्तों और मेरा एड्रेस है मैं हेमंत वासकेल पूना जिले के एक छोटे से गांव से हूं दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बेस्ट